तो आज का दिन बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बाकी गेमों को साइड रखकर खेलने जा रहे हैं इजी गेम। जी हाँ, इजी गेम गेम गेम जी अब ये गेम नाम से कितनी हार्ड है बहुत से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है अभी तक मतलब यह देख पा रहे हो ना ग्राफ थर्टी परसेंट लोग उन्हें सिर्फ सब्सक्राइब कराए सेवेंटी परसेंट बंदे बस वीडियो देख के चले जाते हैं वो का बटन तो देखो दबाना पड़ेगा तो एक तो वाली। है कभी तो जा, हाँ। मिनट, फटाफट से जाओ सब्सक्राइब का बटन दबा दो दबा दो चलते तो आज का दिन बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बाकी गेमों को साइड रखकर खेलने जा रहे हैं अब खेल के पता चलेगा कि आखिरकार खेलने में कितनी ईजी है या फिर कितनी हार्ड है बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात क्लियर कर दूंगी बहुत से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है अभी तक मतलब ये देख पा रहे हो ना ग्राफ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 तो तो गाइस गाइस गाइस कैसे आप सभी लोग लोग वेलकम बैक टू गेम गेम गेम प्ले वीडियो आज हम जा रहे हैं इजी गेम, मतलब इजी मतलब खत्म खत्म शुरू होते ही ओके तो अभी फटाफट से, तो से, से हल्का तो मतलब कौन है देखने में तो साफ लग रहा है की जो ग्रीन एपल है क्योंकि एक वॉटरमेलन के ऊपर तीन क्या छह गैस बलून लगा दोगे ना तो उसका वेट एक एप्पल एप्पल से कम नहीं होगा यार इतना छोटा सा और वॉटरमेलन के मतलब तो सिस्टम्स मुझे पूरे पता है है है है इसमें हमेशा वही होता जो जो दिखता नहीं है। मतलब जो तुम्हें दिखता नहीं नहीं मतलब तुम्हें वो कभी होगा तो हम लो आ, के साथ तो ओ, क्या था मतलब मैंने कहा था ना इसमें जो दिखता है वो भाई कभी होता ही नहीं है चलो कोई नहीं मुझे खुशी इस बात की कि हम लोग अगले लेवल पे जा चुके हैं तो भाई विच ऑफ द्लैनेट इज दस दूसरा अर्थ है तीसरा सैटन है और चौथा ज्यूपिटर है वैसे अगर देखा जाए जितना हमने पढ़ा है तो ज्यूपिटर ही सबसे ज्यादा लार्जेस्ट माना जाता है बट पिछला क्वेश्चन आपने देख लिया था इनका जो दिखता है वो होता नहीं है इसीलिए क्या पता ये रिंग का साइज भी काउंट करे तो मैं जाने वाला हूँ एक सेकेंड इस बार ही गलत था तो फिर क्या ये अर्थ है क्या अर्थ भी नहीं है तो फिर मेरे हिसाब से जुपिटर मतलब दोनों साइड से कंफ्यूज कर रहे हैं जो दिखता है वो नहीं भी होता लेकिन कभी कभार होता भी है लेवल थ्री में इन्होंने हमसे पूछा है इस सिलेर? अगर देखा जाए पहले पता तो करे आके कर कह रहे हैं तो देखा जाए जा तो दोनों नहा रहे हैं बात में एंड इसने अपने बाल भीगने से बचा रखे हैं और इसके बाल भीगे हुए ये बार बार सुखाए जा रही है तो ये इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा वेस्ट कर रही है तो लेकिन मैंने जैसे कहा था जो दिखता है वो होता है नहीं पर अभी मैं उसी के साथ जाने वाला हूँ जो दिखता है वही होता है कभी ओके तो एक ही बार में ठीक लो भाई पार कर दिया लेवल फोर पजल सॉल्व करना है बस ओके तो जहां तक मुझे लग रहा है ये लिप्स है शायद से हाँ, है, तो बहुत ईजी तल लो भाई इतना ज्यादा शान कि ओके पार होगा ठीक है लेवल फाइव ग्रो अ फ्लॉर ओके तो बादल आ रहा है बादल को हटा दूंगा तो शायद से फ्लावर लेवल फ्लारे फाइंड डॉग हमें इस पिक्चर में डॉग को ढूंढना है और लग रहा है भाई इजी गेम धीरे धीरे हार्ड गेम में कन्वर्ट होता जा रहा है ओके तो भाई यहाँ पर एक तो सॉरी की सारी कैट अलग अलग कलर की अलग अलग पोज देकर बैठी हुई है तो समझ में एक सेकेंड मेरे डॉग दिखा अच्छा ये भी कैट है अच्छा ये क्या है oh हमने डॉग ढूंढ दिया यही वाला था येल्लो वाला चलो लेवल सेवन वो is the father of these kittens तो so ये दोनों किटन्स है और हमें इन दोनों के फादर को ढूंढना है कि इन चारों में से इसका रियल फादर ओ oh, एक सेकेंड इन दोनों का कलर ब्लैक एंड ग्रे है और इसका भी कलर ब्लैक एंड ग्रे है तो क्या पता ये ओह भाई बिल्कुल सही लेवल एट प्लेस द पिक्चर्स इन द करेक्ट ऑर्डर भाई ये तो काफी सिंपल लग रहा है क्योंकि इसमें ये कॉफी सी बन रही है तो सबसे पहले आना चाहिए ये कॉफी का मतलब पाउच उसके बाद ये तो फोर्थ पर आएगा जब बन गई है उसके बाद पानी डालना है फिर इसको गे... ओके चलोगा इसकी भी पार मुझे लग रहा था इजी गेम हार्ड में कन्वर्ट हो रहा है लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ रहे हैं ये गेम और ज्यादा इजी होता जा रहा है हाउ मैनी एप्पल एक दो तीन ओके ओ ओ ओ, ओ हम लोग भूल गए जो दिखता है वो होता नहीं है मतलब कभी कभार हो जाता है बट नहीं होता तो भी फिलहाल यहाँ पर तीन एप्पल्स तो नहीं है ओके तो यहाँ पर एक एप्पल वर्ड भी लिखा हुआ कि आप ऐसे भी काउंट कर रहे हो तो चार एप्पल चार एप्पल भी नहीं है वही फिर और कितने हैं इसमें क्या पता ये तीनों ही ऐप्पल और ये ग्रीन एप्पल है ओके अच्छा तीनों एप्पल ही है एक से लेकर दस तक की गिनती के टुकड़े भेज देता हूँ कोई ना कोई तो निकल ही जाएगा लेकिन नहीं यार ऐसे पार नहीं करना है एक मिनट रुक जाओ ओ भाई साहब ये देखो हम लोग इनको मूव भी करा सकते हैं और अभी ये छः एप्पल है टोटल ओके तो यहाँ पर ये छप्पल छः भी नहीं है हेलो और अच्छा ये और भी मूव हो गए क्या ये तो ओह भाई साहब छोटा सा एप्पल हो रहा है और ये भी मूव हो, सेवन हो गए. ओ भाई टेन फाइंड दैन इन पांचों में से सबसे बड़ा तो मेरे को यही लग रहा है तो ये लार्जेस्ट नहीं है अच्छा इनको भी मूव करा देते फिर इनके पीछे क्या पता कोई छुपकर बैठा हो एक सेकेंड भाई यहां पर तो मेरे को जुड़ गए हेलो भाई सब ये सारे के सारे जुड़ गए ये है लार्जेस्ट भाई ये क्या था तो कि 10 लेवल पार कर चुके हैं और ये है लेवल नंबर 11 ओके वन इज़ अ ओकेर इन तीनों में से वेम्पायर कौन है तो ये कह रही है अच्छा देखो इन तीनों पर ना यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ब्लड लगा हुआ है तो ये कह रही है पेंटिंग कर रही थी इसलिए इसके रेड ब्लड लग गया और ये कह रही है की वाइन गिर गई है एंड इसने अपनी उंगली काट ली वैसे उंगली इसकी कटी भी नहीं नजर आ रही है मेरे को सारी उंगली एकदम ओके है तो ये वेम्पायर है अच्छा नहीं है वेम्पायर ओके ओ भाई ये क्या है मतलब कि इतना भाई सच्ची में हार्ड होता जा रहा है एक बार इसके पैरों को आप लोग देखो इन दोनों के पैरों को देखो आपको समझ आएगा पीछे जा रहा है उस पैरों के लेकिन इसका शेड नहीं है तो यही एम्पायर है ओ भाई भाई लेवल ट्वेल्व पुट द पजल टूगेदर भाई ये ईजी गेम से फिर हार्ड हो रहा था अच्छा खासा फिर इजी हो गया मतलब चलो कोई नहीं नाम रखा है इजी तो जरूरी थोड़े सारे लेवल से ईजी देने पड़ेंगे बाकी कहीं ऐसा ना हो इसका एक पीस मिस हो और वो हमें ढूंढ के लाना पड़े नहीं, नहीं, इजी था सही में लेवल थर्टीन फाइंड द कैट वैसे भाई ये मेरे को सच्ची में थोड़ा बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि ये काफी ज्यादा कन्फ्यूजन वाला पिक्चर है भाई ये सारे के सारे आउल है वो भी अलग अलग कलर के और उसमें से मेरे को कैट ढूंढना है यार रुक जाओ नहीं।, नहीं यार मैं नीचे से देखता हुआ था तो ये नहीं है ये नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है ओ, ये रि कैट ओके चलो फाइनली हमने कैट को ढूंढ लिया अलग ही पता चल रहा भाई उसकी क्योंकि चोच नहीं थी लेवल 14 क्रॉस द रिवर इस बंदे को ये रिवर पार करनी है वैसे इतनी गहरी भी नहीं लग रही पैदल ही जा सकता है छोटी सी छलांग मार के लेकिन ये ले काम करते हुए तो स्विमिंग ट्यूब ले जा डूबने का ख... अच्छा ये छोटे बच्चों के पहन नहीं पाएगा ओके तो लेकिन ये इसका क्या यूज है भाई इसको ये ले माइंड की तरह जमीन तोड़ दे अपने आप पानी सारा नीचे चले जाए वरना ये ले माइंड की तरह बकेट ले जाए सारा पानी भर ले इसमें यह भी नहीं हो पाएगा तो फिर ये जाएगा कैसे इसको उठा के उधर इसी को उठा के उधर रख देता हूं अच्छा इसको उठा के भी नहीं रख सकते वाह तो फिर क्या करें ओ एक सेकंड ये क्या हुआ भाई साहब मैं सोच रहा था पानी को खिसकाते हैं लेकिन पूरी जगह कुछ भी एक पेड़ के ऊपर इनको भी जाकर लेकर आना चाहिए आराम से इतना बढ़िया मौसम हो रहा है एंजॉय करेंगे बट नहीं खाइस ये देखो वो बेचारा बर्गर खा रहा है और तो ये उसे नहीं करने दे रहा उसकी जो टहनी है ऊपर करने के गया भाई बर्गर लेकर मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा भाई तो जमीन पे बैठ के कहा पेड़ की छांव के नीचे और ये देखो भाई उसकी टहनी काट रहा था कि वो नीचे गिर जाए और ये उससे भी ज्यादा चालू हुआ है ये उसकी भी टहनी काट रहा है ताकि वो भी गिर जाए और ये तो अलग ही पागल है भाई ये अपनी ही टहनी काट रही है उसको काट देगा वहां से तो खुद ही नीचे आ जाएगा तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए सबसे ज्यादा स्मार्ट ये होना चाहिए बट एक बार इधर उधर खिसका लेते भाई स्क्रीन पता चला बगल में तीसरा बंदा एक और खड़ा होता जो जमीन पर आराम से दरी बिछा बैठ के खा रहा हो लेकिन नहीं ऐसा वो नहीं हो रहा तो मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए इसने काटा वो तो पागल था मेरे पता था ले लेवल 17 प्लेस द पिक्चर्स इन द करेक्ट ऑर्डर तो सबसे पहले अगर देखा जाए हमें अपने हाथ धोने चाहिए उसके बाद एक सेकेंड अच्छा इसने मास्क उतारा भी है क्या पता नहीं हाँ नहीं नहीं उसके बाद हमें मास्क लेना है उसे ऐसे लगाना है फिर पहनना है अब एकदम ओके है भाई कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए अच्छा तीन ही ओके दिखा रहे हैं तो फिर ये ले लें ओके ओके हाँ ठीक है पहले उसे लगाना है फिर उसे ऊपर करना है भाई ये ये ध्यान रखो लेवल 18 लेवन एटीन कार्ड हमें बताना है कि ये जो मेजिशियन है इसके हाथ में कौन सा कार्ड है वैसे मेजिशियन है इसको बताना चाहिए हमारे हाथ में कौन सा कार्ड है चलो कोई नहीं उल्टा काम चल रहा है यहाँ पर हाँ तो यहाँ पर इक्का तो उसपे नहीं होगा किंग कर, कर देखते हैं लो भाई गलत गैस करा है हमने बट हमें कैसे ओ, ये क्या हुआ एक सेकेंड इस लेवल को मैं दुबारा मैंने तुक्के से पार करा भाई मेरे को नहीं पता कि जे क्यों था तो मैं से लेवल 18 में तो लाइफ तो इन तीनों दरवाजों में से हमें कोई एक दरवाजा चूज करना है और अपनी जान बचानी है तो डोर नंबर वन जो है उसमें लिखा है इस दरवाजे के पीछे कोई खूनी है लेकिन हमें बेमे मतलब तो में तो मारेगा नहीं डोर नंबर टू पर लिखा है लायन दैट हेजेंट ईट इन अ अयर इज बिहाइंड दिस डोर ओके और डोर नंबर थ्री पे लिखा फायर इज बिहाइंड दिस डोर वैसे एक सेकेंड ये मेरे से स्कूल में मेरे एक दोस्त ने पूछा था अगर इस गेट के पीछे एक शेर है और उसने एक साल से कुछ नहीं खाया तो सीधी सी बात है वो जिंदा नहीं होगा तो यही वाला गेट एकदम पर ये देखो भाई कंकाल पड़ा हुआ है पीछे भाई सही था अपना आंसर तो फिलहाल आज के लिए इतना ही बाकी लेवल हम लोग इसके अगली वीडियो में कवर करेंगे तो चलो भाई अगर आपको आज के वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉर एवर से लाइक कर देना जो सब्सक्राइब कर नहीं कर रखा प्लीज यार बटन दबाओ और ऐसा कर दो कि 30% बंदों ने नहीं करा सेवेंट परसेंट बंदो ने सब्सक्राइब करेगा जल्दी से जाओ, 70 भी नहीं 100 करो सभी लोग सब्सक्राइब कर दो और जिसने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है, जल्दी से जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो भाई 1 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले हैं आप सभी का प्यार रहेगा तो टू मिलियन भी होएंगे बट पहले वन तो करा दो जल्दी से तो चलो भाई वीडियो में इतने ही, मिलते अगली वीडियो में गुड बाय